चलिए दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं अंतरिक्ष से जुड़ी तीन ऐसी रोचक बातें नंबर वन दुनिया में जितने रेत के दाने हैं उससे कई ज्यादा अंतरिक्ष में तारे मौजूद हैं। नंबर टू अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चांद पर छोड़े गए पैरों के निशान कभी मिट नहीं सकते